यहाँ तो एक सांड ने कमाल कर दिखाया दो बंदा सांड के पास आता है पीछे एक बंदा खड़ा रह जाता है और सामने एक बंदा आके सांड के सामने हैंडस्टैंड करने लग जाता है अब आप खोरी देख लीजिए तो उसके बाद होता क्या